गुना से भाजपा सांसद केपी यादव का पत्र वायरल होने के बाद अब सियासत गरमाई हुई है कांग्रेस ने कहा सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद भाजपा में गुटबाजी बढ़ गई है कुशा ठाकरे और अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी को ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने गिरवी रख दिया गया है राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने से पहले कई अटकले लगाई गई थी जो अब सामने आने लगी हैं, गुना से सिंधिया को लोकसभा में पराजित करने वाले केपी यादव ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने सिंधिया समर्थकों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं केपी यादव ने पत्र में लिखा कि सिंधिया समर्थकों के भाजपा में शामिल होने से भाजपा कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है सिंधिया समर्थक पार्टी के सिद्धांतों के विपरीत कार्य कर रहे हैं वही कांग्रेस ने इस मौके को बुनाते हुए कहा कि भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता की अब कोई वैल्यू नहीं बची भाजपा सत्ता के नशे में है जिस सांसद ने सिंधिया को डेढ़ लाख वोटों से हराया अब उनको कोई पूछ नहीं रहा सिंधिया समर्थक नेताओं को कांग्रेस ने बाल समर्थक नेता बताया है सिंधिया जी को लोकसभा चुनाव में डेढ़ लाख से अधिक मतों से पराजित करने वाले केपी यादव जी ने जो पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखा है असल में उन्होंने अपने मन की पीड़ा व्यक्त की है और कहा है साहब कि यह हाल मेरा है खुद उस सांसद का जिसने सिंधिया जी को हराया है और निरंतर आज सिंधिया जी एवं उनके समर्थकों के द्वारा उन्हें बेजित किया जा रहा है उनके लोकसभा क्षेत्र में उनको दरकिनार किया जा रहा है और इससे एक बात पुष्ट होती है कि सत्ता की लोलुकता में आकर शिवराज जी मोदी जी ने सिंधिया जी की देरी पर भाजपा को गिरवी रख दिया है उस भाजपा को गिरवी रख दिया जिसको अटल बिहारी वाजपेयी जी एवं कुशाभा ठाकरे जैसे महापुरुषों ने बना है आज वो भाजपा सिंधिया की देरी पर गिरवी है और एक बात और साबित होती है कि सिंधिया जी के कान भाजपा में जबरदस्त असंतुलन की स्थिति है गुटवाजी है जो कि आपको भविष्य में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे और ज्यादा देखने को मिलेगी बाकी जहाँ तक सिंधिया जी के समर्थकों की बात है तो मैं तो उनको बाल समर्थक मानता हूँ जिनका कहीं ना कहीं मानसिक स्तर आज भी प्राइमरी स्कूल के जैसा है बार बार हट करने के सिंधिया जी को राष्ट्रपति बना दो मुख्यमंत्री बना दो प्रधानमंत्री बना दो कई बार तो ये कहते थे कि उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दो तो ये हाल उनका है तो ये तो होना ही था आगे देखिए और ज्यादा बढ़ेगा संगीत की सोलहियों ऐसी सांस्कृतिक ताने बाने तक चंबल के पीड़ो ऐसी नक्सलवादियों के गढ़ झोपड़ी ऐसी महलों तक ठेलों ऐसी मेलों तक